मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि निकर पहनने से कोई भी धार्मिक नहीं बनता वहीं इस दौरान उन्होंने इन्वेस्टर्स समिट और हनी ट्रैप सीडी वाले मुद्दे पर भी बयान दिया पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा मैंने भी देखा इन्वेस्टर्स समिट में आए लोग शिकायत कर रहे हैं एनआरआई नाराज हुए दुख की बात है उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को कौरव ऐसी तुलना करने आरोप बीजेपी और आर को आड़े हाथों लेते हुए कहा की निर पहनने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता वही उन्होंने जोशी को लेकर कहा की योजना बनाने ऐसी पहले जाँच करना था राहुल गांधी जी ने जो तुलना करी है उन्होंने एक गौरव से दी करी उन्होंने बताया उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो किस आधार पर ये कह रहे हैं और धार्मिक केवल निककर पहन देने से नहीं बनते मैं भी धार्मिक हूँ मैं निख नहीं पहनता हाँ अगर हम भी कोई मंदिर जाते हैं कोई ठेका बीजेपी और आरएसएस का तो ये रूप है कि वो कहते हैं हमारी एजेंसी है धर्म की एजेंसी हमने ली हुई है धर्म की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें ली हुई है हम अगर कोई कोई धार्मिक आयोजन कार्यक्रम में जाते हैं, तो बीजेपी के पेट पर पे दर दर्द होने लग जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने हनी ट्रैप की सीडी वाले मुद्दे पर कहा कि एक तीस सेकंड का वीडियो मुझे अफसरों ने दिखाया मैंने तीस सेकंड देखा चौदह तारीख को मुझे एस का जवाब देना है मैंने कहा पेन ड्राइव देखिए मैं कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहता जिससे प्रदेश की बदनामी हो कमलनाथ ने कहा गोविंद सिंह के पास सी है या नहीं मुझे नहीं पता हो सकता है उन्हें बीजेपी ने सीडी दी हो वहीं उन्होंने करनी सेना के आंदोलन के बारे में कहा कि करनी सेना की बात तो सुनो उनसे मीटिंग करो अधिकारी मीटिंग करें मुख्यमंत्री मीटिंग करें यह आंदोलन सरकार के खिलाफ है वह चाहे तो हमसे बात करें कांग्रेस का ऐसे आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा जब मेरी सरकार बनेगी तो सबकी रिपोर्ट लूंगा डरा नहीं रहा हूँ बीजेपी के पास जनाधार नहीं बचा है वही खंडवा से आतंकी गिरफ्तारी पर उन्होंने बोला कि अच्छा है सभी आतंकियों को गिरफ्तार होना चाहिए आ, उन्होंने मुझे अपने कहा तो देखना चाहता ये चेक करिए सही है गोविंद सिंह जी को उन्होंने दी होगी या बीजेपी वालों ने दी होगी अरे भाई पेन ड्राइव अगर मेरे पास होती हाँ मैं तो पहले तो रखना ही नहीं चाहता था मैंने तो उन्हें कहा और इंक्वायरी करो पेन ड्राइव लेके मैं करता क्या